आज खाना क्यों नहीं बनाया वो मैं गिर गई थी और लग गई थी कहाँ गिर गई थी और कहाँ लग गई थी तकिया पे गिर गई तो आंख लग गई।